दिन दिन के दिन इन आंखों से ग्यारस के दिन इन आंखों से उड़ गई निंदी आ रानी ग्यारस के दिन इन आंखों से उड़ गई निंदी आ रानी बारिश के दिन सुबह सुबह मेरी आंख से टपका पानी बाबा तेरी याद आ गई बाबा तेरी याद आ गई बाबा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 खाटू वाले सारी रात हसोया कैसे आओ पास तुम्हारे फूट फूट कर रोया बाबा तेरी याद आ गई बाबा तेरी याद आ गई बाबा तेरे तेरे गाँव के भगतों के संग कई दिनों तक रहना, रहना। चाहे जितनी कोशिश कर लो चाहे जितनी कोशिश कर लो तुमको भूल न पाओ दुखडे सह दुखड़ी ये दुख सह ना पाऊ बाबा तेरी याद आ गई बाबा तेरी याद आ गई बुला ले दर्शन देकर इस बेटे को अपने गले लगा ले बाबा तेरी याद आ गई बाबा तेरी याद आ गए बाबा तेरे याद आ गई बाबा तेरी याद आ गई यर्स के दिन आंखों से उड़ गई सुबह सुबह मेरी आगे से टपका पानी बाबा तेरी याद आ गई बाबा तेरी याद आ गई